तुम्हें सब कुछ पता है ना भूल जाना याद रखना किसी को जान से ज़्यादा प्यार करना और फिर उसी प्यार से अलग हो जाना जब मन करे करीब आना और जब मन करे दूर चले जाना फीलिंग्स तब तक नहीं मरती है जब तक जिसमें जान होती है नहीं होता इतना आसान किसी को भूलना उससे अलग हो जाना जब कोई शख्स दिलो दिमाग में समा जाता है तो उसे भूलना उससे दूर जाना बहुत मुश्किल होता है कहना बहुत आसान है पर किसी से दूर जाना उतना ही मुश्किल है कोई किसी के बिना मरता नहीं है पर अपनी जान से अलग होना किसी मौत से कम नहीं है ये मौत से भी ज़्यादा दर्द देता है हर पल हर वक्त अंदर ही अंदर रूह को जश्म से अलग कर देता है अगर इंसान हंसना भूल जाए अपना सब कुछ भूल जाए उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो खुशियाँ मातम लगे तो क्या ये बहुत से कम है